हाई वट्सअप गाइज हाँ स्वागत है आपका टेक्निकल अर्जित चैनल में तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो YouTube चैनल पे YouTube चैनल कैसे बनाएं? YouTube चैनल यार आप सभी सोचते हैं कि यार चैनल बना मेरा भी होना चाहिए मेरा भी होना चाहिए मेरा भी होना चाहिए इससे पहले मैंने आपको बैक वीडियो में बताया था कि YouTube ई मेल कैसे बनाते हैं तो ई हमने बना नहीं सिखा दी थी आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देख लीजिएगा उसके बाद अब YouTube पर आ जाती है YouTube के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना है तो लेट्स स्टार्ट अपना जी में जाऊंगा मैं पहले जी में जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा जैसे बैग बताया था नेक्स्ट जीमेल गूगल अकाउंट गूगल का अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारा ये इंटरफेस आ जाएगा निकल के तो ये अपना थोड़ा सा लोड होगा ये लोड हो चुका है तो मैं पर्सनल में जाऊंगा पर्सनल में जाने के बाद आप यहाँ पे जैसे चैनल का लोगो हो तो आप यहाँ पे लोगो बना के डाल सकते हैं यहाँ पर लोगो डालने के बाद आप अपना ये फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर लें फ़ोन नंबर ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर लें चलो मैं नंबर ऐड करूँगा वैसे बाद में तो ये आपका था और इसकी काफ़ी सारी जी मेल की भी बहुत सारी सिक्योरिटी हैं यार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कि जैसे आपका अकाउंट हैक हो जाता है ये हो जाता है वो हो जाता है तो आपका रिकवर कैसे होता है ये कैसे होता है वो सारी चीज़ें आपको मैं नैक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ज़रूर देखें तो वीडियो आएगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइकन कर लें ले और वीडियो इस वीडियो को आपको पूरी देखना पूरी देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को उनके पास तक भी ये वीडियो जानी चाहिए पता चलना चाहिए यार अब सब सोचते हैं यार यूट्यूब चैनल कैसा होता है कि मेरा चैनल भी यार सर्च करने में सबसे टॉप पर निकले अब कितनों का नहीं निकल पाता कितनों का निकल पाता है उस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ अब मैं अपना YouTube में जाऊंगा YouTube पे जाने के बाद यहां पे आप सर्च का ऑप्शन पे जाएँ सर्च का ऑप्शन में जैसे मैंने अपना चैनल का नाम लिखा था DBM वी एम बी ई एक्स प्रोडक्शन डी वी प्रोडक्शन कोई एक ही चैनल आया है इससे निकल के डी बी एम के नाम से वो भी टॉप पंद्रह सब्सक्राइबर हैं ये चैनल है तो और कोई नहीं आया तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे भी एक बार क्लिक करके फिल्टर डाल के देख लेते हैं यहाँ पे टाइप पे चैनल डाल देंगे अप्लाई कर दिया अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये चैनल आ जाते हैं तो डी वी एम बीट्स प्रोडक्शन के नाम से कोई चैनल नहीं है अभी कोई चैनल नहीं है इस नाम से जैसे कि आप लोग को मैंने अभी सर्च करके बताया देखिए आपने देखा है एक चैनल नहीं निकला कोई भी चैनल नहीं निकला ना ही हमारा खुद का चैनल आया आप एच आर डी एस गेमिंग के नाम से ये मेरे भाई का चैनल है गेमिंग का आ, तो ये इससे देख सकते हैं बट अब आप आपको मैं दिखाऊंगा चैनल कैसे बनाते हैं कैसे सर्च करने पे सबसे टॉप पे आता है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं आ, स्विच कर लूँगा अकाउंट को देख इसके ऊपर नाम के ऊपर क्लिक करके सिंगिंग का ऑप्शन आ रहा है और ये वो मेरी दूसरी ईमेल का आ रहा है एक्चुअली तो मैंने पीसी में लॉग इन करी है मैंने थोड़ा सा टाइम देता है तो ये अपना डीवीएम रीट्स वाला सबसे लास्ट में आएगा तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे तो ये अपना ये आ गया है गाने तो वाले निकल कर आ गया इसको वापस इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे डी के ऊपर सिंगल क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आता है यहाँ पे योर चैनल अकाउंट है योर चैनल इसके ऊपर क्लिक करें इसके ऊपर क्लिक करें सिंगल क्लिक करें ये चैनल आ गया अब आपको क्रिएट करने का पिक्चर ये सबसे ऊपर आ रहा है कि आपका लोगो जो होता है चैनल का लोगो जो भी है जो भी बनाना चाहें आप कुछ भी बनाना चाहें जिसको चैनल का लोगो नहीं बनाना आता मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता दे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके हिसाब से जैसा आप लोगों चाहते हैं वैसे ही होता है और जिस किसी को बनाना नहीं आता बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं अपना इंस्टाग्राम का डीएम एम करें मैं वहाँ बना दूँगा या फिर टेलीग्राम का नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में ही वहाँ पर ज्वाइन करें वहाँ पर चैनल है वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर मेरी आई मिल जाएगी आपको तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे डीएम एम कर दें मेरे को टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल मिल जाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर टेलीग्राम पे रहता हूँ मैं तो कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं चलो मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट चैनल क्रिएट हो चुका अब ये सिंगल क्लिक पे क्रिएट हो जाएगा तो अब ये क्रिएट हो चुका अभी भी आप सर्च करेंगे ना इसे तो भी ये नहीं आएगा चलो आपको मैं दिखा देता हूँ ये अपना था वो डीमियम Beats Production है एच आर के वी में जाऊँगा मैं वापस ये जाने के बाद ड्रीमियम बीट्स प्रोडक्शन नहीं आएगा तो एक बार भी बल भी डल के दिखा देता हूँ मैं ये नहीं आएगा इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्या है कि जैसे कि आप लोग ये बना लेते हैं चैनल बना लिया यार मेरा भी ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो या चैनल उठ नहीं रहा सर्च करने पे नहीं आ रहा आपको ये नहीं पता कि जो मैंने नंबर डालने के लिए बोला था ना आपको वो इस रीज़न की वजह से बोला था गाइज़ आपको मैं दिखाता हूँ तो गाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा बट पूरा आ, पूरा देखने के उस वीडियो को आप तक पहुँचाएँगे हम उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन दबा लें जिससे कि आपके जो वीडियो है आप, आप तक पहुँच जाए